sun le aati urdu in wo le jo main kehna tera sab kuch tera ho ya tera sab kuch me